और आज की इस वीडियो करने वाले है। मतलब जो हमने छत सी बनाई थी वो हमने छत बनाई थी पूरा हरे ग्रीन ग्रीन ग्लासेस ग्लासेस से दिया था उन्हें। अब हम पूरी छत कंप्लीट करने वाले हैं वो भी ग्रीन से। so, तो तो तो वीडियो में क्या होता है लेट्स लेट्स गेट स्टार्टेड चलो गो so, और बहुत सारे लोग हैं। कुछ कुछ करके कह रहे थे हैं कि बनाओ। तो भाई साहब मैं सोच रहा हूँ की अगली वीडियो अगली चार दिन वाली वीडियो हम बनाएंगे ग्रेनी चैप्टर टू एंड बोट स्टेप वाली बोट ओके समझ में ना गाइस गाइस चलो फिर करेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे करेंगे करेंगे हम अभी तक हुआ नहीं नहीं ओपन कोई हो जाएगा तो हो जाएगा बैठे हो जाएगा हो जाएगा अभी औने, औने, गैजर बहुत ज़्यादा टाइम लगा हुआ है कुछ बट सॉरी गैज। मेरे पास कॉल आ गई थी मैंने उन्हें कह दिया है जिनका फोन आया था मेरे पास मैंने कह दिया कि मैं वीडियो बना रहा हूं। तो में फोन कर लेना ओके okay? फिर तोड़ी फोड़ी क्यों होती है मेरे को ये समझ नहीं आई चलो भाई जल्दी से इसको कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू करते करते हैं continue भाई continue. Continue करते हैं और हाँ जिसने अभी तो the... क्योंकि यारे को अर्जेंट काम आने वाला है अर्जेंट सा काम आ गया है आज जल्दी जल्दी से उस विट करेंगे ठीक है चलो फिर एक काम करेंगे इंग्लिश हम बाद में करेंगे, दूसरी शत बाद में कंप्लीट कर लेंगे पहले हम इतना कंप्लीट करते हैं फिर ना दूसरी छत बाद में कर लेंगे कंप्लीट, ओके, जितना एरिया मैं कर पाऊंगा उतना ही कर लेते हैं फिर मैं वीडियो को एंड कर सक पाऊंगा ओके ओके ओके जैसा लुक्स आ रहा है के और मैं थोड़ा सा इंग्लिश मुझे आपको नहीं सुनाई दे रही होगी कमेंट करके बताना कि हड्डी की आवाज आई है मेरी मैंने ना आ... आज कल रात को मैंने सौरभ जोशी का ब्लॉग देखा था सॉरी तो मैं थोड़ा सा हूं। <laughs> मतलब मेरे को सुन के इतनी हंसी आई ना कि भाई बस चलो बट कोई नहीं बस इतना दो पंद्रहरा पंद्र दस मिनट में हो जाएगा होने वाला होगा हो जाएगा जल्दी से जल्दी से निपटा देंगे काम को और आधी चार हम बाद में कम्प्लीट करेंगे के और गाइज मैं इतनी लंबी वीडियो भी नहीं बनाना चाहता हूँ मतलब पांच दस मिनट की बना सकता हूँ थोड़ा सा और कर लेते हैं दस मिनट की बनाएंगे ऐसी कोई बात नहीं आई कैमरा ना मेरा नीचे सा हो रहा है बस थोड़ा सा नीचे हो है रहा है कैमरा ऐसे ऐसे बस ओ ये मैंने कुछ हटा दिया क्या लाइट मेरा कुछ काम करना था। तो देखता हूं। हाँ, मेरे काम करना और देखता मेरे था मैंने उसको ले भी लिया हो गया कलेक्ट भी हो गया है कलेक्ट भी कर दिया मैंने भाई साइ इतना कंप्लीट करते हैं बस बस है चलो अब बस इतना सही करना है मैं फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ और हाँ गैस, एक यूट्यूबर मुझसे बात करता है उसका नाम है भाई उसके उसका भी चैनल है उसका उसके चाहे का नाम है ब्लैक स्पाइडर 2.0 चलो तो भाई इतना हमने कंप्लीट कर दिया मैं ना उसके बारे में बात करते हैं चलो और उसका नाम है क्या है उसके चाह का नाम है ब्लैक स्पाइडर 2.0 पॉइंट जीरो उसकी इंस्टाग्राम पर बात होती है मुझसे मैं आपको अभी उसकी हमारी और हमारी चैट दिखाता हूँ आपको अभी मैं अपने बैकग्राउंड में आ गया हूँ मैं कैमर अपना यहाँ से करता हूँ और कहीं देखो मेरे गेम्स के वर्क का नाम है आई लव ये, ये तो मेरी दीदी है देख सकते हो आप ये है मैंने उसको अपनी फोटो भेजी थी देख लो मैंने उसके पूछे थे हेलो भैया कैसे हो मेरी तबियत तर, ठीक है क्या तो मैंने उस मैंने उससे सब्सक्राइबर भी पूछे थे कितने थे उसने बोल उसने देखो उसका कितना उसका मैसेज क्या है उसका मैसेज था टू पॉइंट सेवन फाइव बाग्सा इतने सारे सब्सक्राइबर मेरे भी नहीं है उसकी कई कम्यूनिटी लैप भी आ गई है मैं उसको कॉल भी किया था उसने उठाया नहीं था बट कोई नहीं देखो यार इतना सारी हमारी चैटें होती रही पर इतनी चैटें हो रही हमारी इतनी सारी चैट हुई हमारी मैंने उससे पूछा था कि हमारे वन मिलियन सब्सक्राइबर कैसे खरे तो उसका मैसेज आया डेली वीडियोस अपलोड करो और थमने तो अच्छा लगाओ मैंने उसका भी रिप्लाई किया था बस हमें इतनी बातें हुई थी बस उससे ज़्यादा कोई बातें नहीं थी बस इतनी बातें हुई थी बस तो यार अगर आपको भी इसका चैनल सब्सक्राइब करना है ना वाइज तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मैं थैंक्स थैंक्स वाचिंग वाचिंग लिखता ना ना तो उसके नीचे मैं उसके चैनल चैनल की लिंक दे ठीक है डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक है सब्सक्राइब कर दो खे? चलो चलो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ आई होप वीडियो अच्छी लगीब कर देना भाई, और गाइज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना अनसब्सक्राइब करना और भाई ब्लैक स्पाइडर की जो वीडियोस होती हैं उसके उस पर भी अच्छे से कमेंट करो लाइक करो उसकी वीडियोस को भी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है मेरी वीडियो को लाइक करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बेलकैन ऑन करो बस और अच्छा कमेंट करो मेरी वीडियोज पे उसका भी सेम यही करना है आपको तो मिलते बाय बाय गुड बाय